आप एक बच्चे को बीज के बारे में बता सकते हैं और यह कि वो कैसे समान और अलग होते हैं वे सब्जियों फलों और अन्य पौधों में पाए जाने वाले विभिन्न प्रकार के बीजों को इकट्ठा कर सकते हैं आप समझा सकते हैं कि सभी बीज पौधों से आते हैं और हर बीज से एक नया पौधा उग सकता है फिर आप पूछ सकते हैं ये अलग कैसे हैं और उनके रंग आकार और बनावट के बारे में बात कर सकते हैं उदाहरण के लिए बच्चा कह सकता है यह बीज काला और चिकना है लेकिन यह वाला सफेद और खुरदरा है इससे उन्हें यह जानने में मदद मिलती है कि बीज है क्या और यह की बीज कई अलग अलग प्रकार के होते हैं